देवगन की मोस्ट अवेटेड मूवी पार्ट 2 2 का टीज़र आ चुका है। है, इस वीडियो में में के कुछ सीन में के कुछ सीन हैं और झलक जिसमें विजय अपना कबूलनामा रिकॉर्ड करते नजर आ रहे हैं हमारा इंतजार वैसे खत्म होने वाला है 18 नवंबर को जब दृश्यम पार्ट 2 रिलीज होगी तो क्या लगता है आपको विजय और उसके परिवार की सच्चाई सबके सामने आ जाएगी और अगर सबके सामने आ भी गई तो क्या विजय एक बार फिर अपने परिवार को बचा पाएगा ऐसे सवाल आपके दिमाग में आ रहे होंगे पर इन सभी सवालों का जवाब हमें मिलने वाला है अठारह नवंबर को ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहिए मेरे साथ सिर्फ दखल न्यूज आरोप